चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने स्तन कैंसर के कारण लक्षण और उपाय आमतौर पर इसे सी शब्द से परिभाषित किया जाता है एक ऐसा शब्द जो सबके लिए चिंता का कारण है महिलाओं के लिए स्तन कैंसर एक बड़ी समस्या है स्तन कैंसर के मामले देर से पता लगाने के कारण मृत्यु दर बढ़ रही है अधिकांश विकसित और विकासशील देशों में जागरूकता फैलाने के लिए काफी कुछ करना है जीन में म्यूटेशन की वजह से स्तन के कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होते हैं इसने कोई भी आबादी और नस्ल नहीं बच सकती हु द्वारा स्तन कैंसर के मामलों पर दुनिया भर में दिखाए आंकड़ों में ये कहा गया कि यह महिलाओं में कैंसर का सबसे साधारण रूप है अफ्रीका और मध्य पूर्व के देशों में मामलों की दर उत्तरी अमेरिका और यूरोप की तुलना में कम थी हालांकि जीवित रहने की दर अलग अलग रही है दुर्भाग्य से यह ध्यान देने की जरूरत है हालांकि अफ्रीका और मध्य पूर्व में मामलों की दर कम होने पर भी दुनिया के अन्य हिस्सों की तुलना में जीवित रहने की दर कम है शुरुआती पहचान और जागरूकता की कमी जीवित रहने की दर को कम करने के मुख्य कारणों के रूप में देखा गया है ये समस्या विकासशील देशों में बढ़ती दरों के साथ और भी मुश्किल हो गई है स्तन कैंसर के बारे में जागरूकता जगाने के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और चिकित्सकों पर भरोसा किया जाता है अक्टूबर का महीना स्तन कैंसर जागरूकता मा, हमारा मानना है कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी ओर से इस संदेश को फैलाने का काम करें स्तन कैंसर क्या है स्तन कैंसर स्तन कोशिकाओं की अनियंत्रित बढ़ोतरी है आमतौर पर लोबियर दुग्ध नलिकाओं में घुसकर वे स्वस्थ कोशिकाओं पर आक्रमण करते हैं और शरीर के अन्य भागों में फैल जाते हैं कुछ मामलों में स्तन कैंसर स्तन के अन्य ऊतकों को भी प्रभावित कर सकता है स्तन कैंसर के जोखिम कारक महिलाओं में स्तन कैंसर के पहचाने जाने वाले कई का जोखिम कारक हैं पारिवारिक इतिहास BRCA1, BRCA2 और p53 जैसे जीनों में म्यूटेशन लंबे समय तक अंतर्जात एस्ट्रोजेन के संपर्क में रहना समय से पहले पहला मासिक धर्म देर से रजो निवृत्ति गर्भ निरोधक गोली हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जीवन शैली के अन्य जोखिम कारकों में शराब का उपयोग शारीरिक निष्क्रियता मोटापा और कम समय के लिए स्तनपान शामिल है स्तन कैंसर को चरण जीरो आ आई आई आई बी आई आई आई सी और चरण में वर्गीकृत किया गया है हर एक चरण कैंसर के फैलाव को दर्शाता है जहां अंतिम चरण मेटास्टेसिस को शरीर के अन्य भागों में दर्शाता है अंतिम चरण बहुत खतरनाक है और इसमें जिंदा रहने की उम्मीद बहुत कम होती है देश की महिलाओं को स्तन कैंसर के शुरुआती संकेतों और लक्षणों को जानना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि जीवित रहने की दर बढ़ सके और कैंसर से पूरी तरह से बचा जा सके निम्न पांच चेतावनी संकेत दिए गए हैं जो स्तन कैंसर होने का संकेत दे सकते हैं जिसे किसी को भी अनदेखा नहीं करना चाहिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करे और अपने एक, स्तन में गांठ या मत्स्य स्तन कैंसर के मामलों में दिखाई देने वाला ये सबसे आम लक्षणों में से एक है स्तन में गांठों की जांच की जानी चाहिए चाहे गांठें कोमल ही क्यों ना हो दो पूरे स्तन या किसी हिस्से में सूजन स्तन के एक हिस्से या पूरे स्तन में किसी भी तरह की सूजन एक समस्या का कारण है हालाँकि यह संक्रमण या गर्भावस्था जैसी स्थिति में भी हो सकता है लेकिन स्तन की त्वचा में जलन और या यादिम्पलिंग जैसे अन्य लक्षण है या नहीं ये खोज करना महत्वपूर्ण है खुद से की गई स्तन परीक्षण किसी भी असामान्य परिवर्तन की जांच करने में मदद करेगी ऐसा होने पर महिलाओं को तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए तीन स्तन की त्वचा में परिवर्तन भी स्तन कैंसर का एक संकेत हो सकता है इसमें शामिल है जलन त्वचा का लाल होना त्वचा का मोटा होना स्तनऊतक की डिम्पलिंग त्वचा की बनावट में बदलाव चार निप्पल में बदलाव निप्पल से किसी भी तरह के असामान्य तरल निकालने को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए साथ ही निप्पल का अंदर की ओर को दबना भी स्तन कैंसर का लक्षण हो सकता है अगर निप्पल में दर्द हो तो उसकी भी चिकित्सा करानी चाहिए पाँच अंडाम में गांठ अगर अंडाम में गांठ होती है तो इसकी स्तनों से संबंधित होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है स्तन का ऊतक एंडाम्स तक होता है साथ ही स्तन के कैंसर हाथों के नीचे मौजूद लिम्फ नोड्स से भी फैल सकते हैं महिलाओं के जोखिम वाले कारकों को कम करने के लिए स्वस्थ वजन बनाए रखना धूम्रपान और अल्कोहल का सेवन ना करना और सब्जियों मछली और कम वसा वाले उत्पादों से भरपूर आहार करने जैसे जीवनशैली में बदलाव के साथ साथ नियमित मेमोग्राम करना भी होता है कैंसर का उपचार सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विकिरण कैंसर विज्ञान चिकित्सा ऑन्कोलॉजी उपचार हमारे सर्वश्रेष्ठ कैंसर डॉक्टरों के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करे और अपने